Guys, आपने लाइने तो सुनी होगी जा मार सके न को और कुछ ऐसे ही देखने को मिला उत्तराखंड के काशीपुर में जहां पर एक ट्रैफिक पुलिस जवान ने मसीहा बनकर एक नन्हे बच्चे की जान बचा ली दरअसल ट्रैफिक जवान सुंदरलाल काशीपुर रोड पर रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे तभी अचानक से वहां एक ऑटो रिक्शा स्पीड से टर्न लेता है जिस वजह से उसमें बैठा एक बच्चा उस ऑटो रिक्शा से नीचे की तरफ बीच सड़क पर गिर जाता है और तभी उसी रोड पर एक बस भी गुजर रही होती है और ये सब देख ट्रैफिक जवान सुंदरलाल अपनी जान के परवाह किए बगैर उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और बीच सड़क पर जाकर उस बच्चे की जान बचा लेते हैं ये पूरी घटना वहाँ मौजूद सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और सभी ट्रैफिक जवान सुंदरलाल के इस काम की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं गाइस, सुंदरलाल जी ने जो काम किया उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए उनके इस काम के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ड तो बनता है मिलता है अगली वीडियो में